मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी प्रशासन के रवैये से नाराज हैं। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सात दिवस के अंदर गरीब फुटपाथियों के लिए प्रशासन व्यवस्था करेर में मा शारदा का मेला बंद कराया जाएगा प्रशासन द्वारा देवी धाम मैहर में जिस तरह से गरीब फुटपाथियों को बिना व्यवस्थित किए हटाया जा रहा है उससे विधायक नारायण त्रिपाठी का पारा चढ़ गया है मेला की व्यवस्थाओं के मद्देनजर अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर विधायक मैयर ने गरीबों को हटा कर देवी धाम है। को सिंगापुर नहीं बनाया जा सकता इसीलिए इनकी बिना समुचित व्यवस्था की इनके मुंह का निवारा छीनना उचित नहीं बेरहमी से इनके ऊपर प्रशासने का हंटर चलाना उचित नहीं जहाँ हंटर चलाने की वास्तव में जरूरत है वहां जिला कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहता है विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि गरीब बेबस लोगों के साथ अन्याय हर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर प्रशासन सात दिवस के अंदर इन फुटपातियों की व्यवस्था नहीं करता तो मेला कार्य संचालित नहीं होने दिया जाएगा